की <laughs> जीना पाले शब वो शब देम ऊंचो छोबियों अरे ऊंचो भी हो सब दिश पाल हेलो संत पाल सबुदरी सबो ऊंचो अगर पहला माने तो शब्द है शब्द बिना कुछ नहीं है शब्द है तो संसार है शब्द है सृष्टि है, है सब है सब शब्द के पीछे कहा जाता है तो बोले ऊंची पाल सबुदरी जमुना नीर और ऊंचो छड़ जोवियो जो भी हो सौ दिश दिखे कबीर और बोले हो अरे काहीं रे बबाड़ू आगे घर चंदनि कु बुवा बात सुखन हरी नाग हाल <laughs> जुगनी जुगे हो हो संतों सतगुण मिलिया जुगनी जुगल एरियों गुरु भी दिन घी जा सत्यगुरुदेव की जय